बिहारी अब पता बिहारी अब को हमारी अब पता को हमारी बिहारी अब पतारा को हमारी अब पतरा को हमारी तो हमारी अबिहारी अब पतरा अहारी अब परा तो हमारी पासा फेके दूज राजू जी तिर कपट के पासा फेके दूज राजपूदी फिर हारी बिहारी अब पतरा को हमारी बिहारी अब पतरा को हमारी तारा बीच सभा में तन खेत हमारी सारी बीच सभा में तन खींच हमारी साड़ी बिहारी अब पारा खो हमारी अब परा खो हमारी Abapata ra, abapata ra ko hamari Bihar, abapata ra ko hamari Bihar, abapata ra ko hamari Bihar, abapata ra ko hamari Bihar, abapata ra.